चैलेंज बात जकरा में बादाम उजाई मैदान में ना तो जाके लुका जाई सिवान में शेर बात दिलेर बात पहलवानी में ढेर बात जका ना होई कबो बलवा का उ हमनी के पहलवान राका राका जे राका के बुंचताई नगन नारायण पाई और जे राका से हर के दाई खटिया पे सूद के दाई जोरदार ताली आ आ बाके उमाय के लाल ए मुखिया लाल तोरा गांव में जो हमसे गाँव में तो एक ही मर्द है जो तोरा शरीर में बहुत दर्द दे हाँ। की मुर्गी बाराना का मसाला तोरा के तब मारा हूँ मैं हम का लाच लागे हाँ। जो देखा था एक छोटा साइज पे मत मज्जा वो सुन ले मारा की छोटा यार तो मगर यकर हाथ अगर तो लंगोट तक पहुँचेना तो हलवानी भुला के पहुँचा लगिया गोट समझा? हाँ हम तो आरासे तो लड़ा ये मुखिया लड़ जाएं चलो चलो चला चल मज़ा चखा दी ए मसाज़ कर ए मसाज़ कर मसाज़ कर मसाज़ कर इन्हें चुला मसाज़ कर मसा رجع پوجو پوجو अरे चल जा अरे चल जा میرو کو بلا جلدی جا ہم دلل ہم دلل اولڑی तू कौन एंट्री होक वाला बतुर कह हजार रुपया दे छोड़ दे हमारा औकात का बतुर से लड़े खती आदमी ना सार है इसरे छोड़ दे बे जब तो तेरा तो तो तो तो माइक के मास्टर में नौकरी लगा दे ए, ए, ए, ए, ए छोड़ दे रे ए, ए छोड़ दे इज्जत बचा ले रे हमार ए रो रो रो रो रो रे रे बिरू बिरू ओकरा सा जा जा लड़ जा जा लड़ जा जो लड़ जा तो तेरा बेटा अगर हम बच गए तो हमारा सतोनी के के होना बचा पाई जमीन के बदला लेते हैं तालियां तालियां अरे दादा हो दादा तो कमाल हो गयी धोपी फाट के रूमाल हो गयी अरे जीआ हो जिया फूलपुर के लाल काहे की ट्रॉफी जकरा हाथे में जाके बातारू बाटे हमार भाई फिर चितामेव बंधु च सखाव विद्याद्रविणमे देव हेम बाबू जी कु जीत क्या होता ट्रॉफी और कुछ नगद पैसा चुप तू अंदर जा अगर तोरा के पहलवानी ही करे के रहे तो फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन पास करे का क्या जरूरत रहे दुकान पे बैठे का तोरा के जरूरत नहीं खे दिन भर खाली आवारा कर दी ऐसा बात नहीं क्या भैया हमार भतीजा रोज मेडिकल स्टोर आगाड़े में तोहरे यहाँ कान पकड़ के एक दुकान पर बैठावा न बैठे ना बतावा जूता ऐसी पूजा कर बिनकर हथ तो गयी अरे तुरे बहन का बिया हो वाला बा अगर ससुराल वाला पूछिए बड़ा भाई का करेला तो हम का जवाब दे समझ में नहीं की आवत अगर ये आमिर खान सोची दंगल फिल्म बनी आमिर खान बनबे आमिर खान बनबे ते धीरेन बाबू का बात हो गयी का ये बबुआ कौ बोले बाबू जी के डांट सुनत रह अरे को नौकरी चाकरी का खोजो अरे सब कुछ काशी चल जा तो के, हाँ? के दुकान पर बैठे में इज्जत ज्याला जाए घर में